हट कर रहा है एक पैर पर पे खड़ा होकर कोई दो वैसे खड़ा होकर के कोई किसी प्रकार कुछ कोई कुछ नाम जाप कर रहा है कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है यह सबसे आसान काम है मोक्ष का लेकिन हमें मार्ग मिला सही दिशा ठीक मिल जाए अरब दिशा ठीक मिलगी जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है उस परमात्मा ने ही आकर उसको यथारस ज्ञान दिया उनको उनमें से कौन कौन है आदरणीय धर्मदास साहेब जी आदरणीय मुलुकदास साहेब जी आदरणीय नानक देव साहेब जी आदरणीय दादू दास साहेब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला झज्जरवाले आदरणीय गीसादास जी साहब जी गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले ये महापुरुष हैं जिनको भगवान शिवम आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहाँ वो सुख इस जीव को हो सकता है और वहाँ अन्य जो प्राणी हैं पहले के भक्त हैं वहाँ वो कितने सुखी हैं वह कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती कभी मरते नहीं किसी चीज़ का अभाव नहीं ऐसा सुंदर शरीर है उनका उसमें कोई रोग नहीं तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े इस इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला जिस कारण से उनका विधान उनके सिद्धांत तो उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मिल खाती तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को किसी से पूछ लो सब निराकार बताते और जो साकार बताते हैं कि संसार साकार है भगवान ही है या मनुष्य जोन के गुरु हैं अपने प्रत्येक गुरु ही परमात्मा है यही साकार है और वैसे निराकार है तो ये उई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता कि तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की कौन से मंत्र की, की? आदनी धर्मदास साहेब जी एक व्यापारी थे और बच्चे बाल बच्चे बच्चेदार गृष्टी थे भक्ति की साधारण सा मंत्र है सिंपल वे से इसकी साधना करनी है बिल्कुल साधारण सी भक्ति है चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते ही मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने शारीरिक कार्य होते थे कोई भी था कपड़ा बनता था कोई जूते बनाता था और कोई हल जोतता था कोई मजदूरी करता था तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं तो उसमें चलते फिरते उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है बस नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से लागे और किसी भी सदग्रंथ ने उठाकर देख ले जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करें और काम छोड़कर का बैठ गया तो त्रन वाक कैसे होगा गीता में यहां तक कहा है तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो बहुत आसानी से बनेगी बात अब क्या बताते हैं परमात्मा के साथ हमारे चले गए अम्बी चालनहार कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही ये ऊंची टैनी पात थे अब पीले हो हो जाई पात झड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहा गिरेंगे जाए तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात यहां की यह रीति है एक आवत एक जात परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्वज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे ये पंप वगैरह यंत्र नहीं थे और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे 100 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांध कर उस कुएं में डालते थे फिर उसको खींचते थे दो तीन लग के सौ फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था तब जल प्राप्त होता था और कभी वो बाल्टी टूटकर रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे से नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांध कर गुच्छा सा बना कर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलट जाती थी उसको बाहर खींच लेती थी वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे ना लगे उसके कितने फिटना हो उड़ जाए नहीं और 20 बाईस ऐसे डाल दिए कोई से मत उड़ जाएगी वा तो पुणात्माओं आत्माओं जिर वो बार आई तो यहाँ हम काल के कुएं में पड़े हैं परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है ऐसे वचन बोले हैं न जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया उसी से उद्धार हो गया उड़झ गया उसमें वो उलझ गया तो निकल गया नमस्कार सर सच सागुल सर क्या नाम है आपका सर रामू मिश्रा नाम मेरा सर कहाँ से आए हैं आप सर मैं गांव गाँव पंचदेवरी तहसील मैसी जिला बहराइस स्टेट यूपी का रहने वाला हूँ प्रेजेंट में यहाँ एल एंजे डेरा उसी में मैं काम कंपनी में काम कर रहा हूँ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम लिखा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले सर हमारे को संतरामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बहुत सारे अनेकों लाभ मिले हमारे को हर प्रकार से शारीरिक लाभ मिले जैसे कि हमारा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था बाइक से तो हमारे शरीर में सारे ज्वाइंट हिले हुए थे हमारे सारे जॉइंटों में दर्द होता था और सोजिस भी आ जाया करती थी तो ये दो तक हम ई हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराते रहे जैसे यहाँ पर आए कंपनी में लगे लंजर कंपनी में अपनी तो यहाँ से भी अपना इलाज करवाते रहे डॉक्टरों से भी दवाए से मेडिकल से भी दवाई पकड़ते रहे पीछे जो इलाज हुआ तो हुआ उसके बाद हमारे को कोई राहत नहीं मिल रही थी कहने का मतलब कि हम साधना जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे और उससे हमारे को कोई जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो नहीं ठीक हो रही थी संतरामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद 2012 में सात जून 2012 में फिर हमारे को ऑटोमेटिक ये सारे सिस्टम और सारे लाभ अपने आप हो गए आपको जो दर्द होता था क्या वो ठीक हो गया ठीक हो गया मेरा बिना दवाई के बिना दवाई के वो ना सोजिश सो रही है अब हमारे शरीर में कहीं भी और चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही नहीं तो हमारे को ये जो जॉब है हमारी सिक्योरिटी की जॉब है इसमें अब हम शो भी नहीं कर सकते थे कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये शो करें तो हमारे को भी कंपनी भी संदेह की निगाह निगा से देखे कि ये शारीरिक रूप में अच्छा में लेकिन परमात्मा की दया से आज की डेट में बिल्कुल टनाटन है रेस जितनी मर्जी लगवा लो मेरे से सर और क्या क्या लाभ मिले आपको सर संत जी महाराज के शहर में आने के बाद हमारे को 20 बीश दिन बीसवें दिन से ही लाभ स्टार्ट हो गया था यानी कि 20 दिन भक्ति की इसके बाद में हमारे को लाभ स्टार्ट हो गया मैं मेरी सिस्टर की मैरिज थी तो वहाँ पे हम फैमिली के साथ गए हुए थे तो वापस आ रहे थे 27 जून को वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम ट्रेन से वापस आ रहे थे तो मिसेज को लेबर पेने स्टार्ट हुआ प्रेगनेंटी मिसेज तो हम कहे चलो इसको वापस छोड़ देते हैं घर पे बाद में ले जाएंगे इसको तो रास्ते में वो वापस उसको छोड़ने के लिए कहा हॉस्पिटल में चेक करा के छोड़ देंगे घर पे तो रास्ते में ही ट्रेन में ही हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो अब वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं और कोई सिस्टम नहीं और ट्रेन चल रही है तो परमात्मा को संतरामपाल जी महाराज को याद किया और प्रार्थना की परमात्मा आप ही डॉक्टर हो और आप ही हमारा ये मुसीबत से हमें निकाल सकते हो तो परमात्मा ने हमारे को दिमाग दिया कि इसको बाथरूम में ले जा तो हम उसको ले गए वहाँ पे लेट लेटरिन ले, ले के अंदर ले गए वहाँ पे ले गए तो परमात्मा ने ऐसे ही डिलीवरी करा दी कि जैसे डॉक्टरों ने कराई वो और उसको कोई दर्द नहीं जो पहले बहुत तड़प रही थी दर्द के मारे पूरा चिल्ला रही थी वो और फिर ऑटोमेटिक ही उसका दर्द शांत हो गया लगा ऐसे इस, इसको इंजेक्शन लगाया हुआ किसी ने दर्द के टीके लगाए हो फिर उसको हम वहाँ से फिर ट्रेन रुकी अपने स्टेशन पर पहुँचे और लेके गए जब हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तब वहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ उसको फिर ले जाके वहाँ पर हमने इलाज करवाया और ये लाभ हुआ सबसे बड़ा लाभ ये हुआ परमात्मा का कि हमारे को वहाँ पे ट्रेन में चलती ट्रेन में हमारा बचाव किया नहीं तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जानी थी जो डॉक्टरों के अभाव में ऐसा हो जाता है जी धन्यवाद सात